चुनाव आयोग ने वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने की मुहिम शुरू की है चुनाव आयोग के मुताबिक इस मुहिम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में जो नाम है वह सही है और इसके अलावा इससे यह पता चलेगा कि कोई शख्स एक से अधिक क्षेत्रों में मतदाता या एक से क्षेत्र से अधिक बार रजिस्टर तो नहीं है तो इसके लिए हम आज आपको बताएँगे कि आप अपना आधार कार्ड और पहचान पत्र किस प्रकार से लिंक कर सकते हैं तो इसका बहुत ही आसान तरीका है तो ज़्यादा देर ना करते हुए दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं कि ये किस प्रकार से होगा इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से वोटल हेल्प एक एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना तो आप देख सकते हैं ये है इस वोटल हेल्प को आपको ओपन करना है क्योंकि मेरे उसमें ऑलरेडी डाउनलोड है इस वजह से मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करिएगा तो ये इस तरीके से नज़र आएगी इसके बाद अब आप देख सकते हैं ये एक्सप्लोर इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखिए फॉर्म लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉल ऑथेंटिकेशन फॉर्म 6B इस फॉर्म को यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये इस तरीके से दिखेगा यहाँ पर लिखा हुआ है माई नेम इज़ वोटल मित्र तो ये आपका एक वोटर मित्र के तरीके काम करेगा तो आप इस पे देख सकते हैं लेट्स स्टार्ट इस पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए ये पूछ रहा है डू यू ऑलरेडी हैव वोटर आई डी नंबर तो यहाँ पे यस यानी पूछ रहा है कि आपके पास वोटर आई डी नंबर है अगर है तो आप यस करें अगर नहीं है तो आप नो करें तो यस है इस पे आपको नेक्स्ट कर देना है नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए प्लीज़ एंटर योर वोटर आई नंबर तो यहाँ पर आपको अपना वोटर आई नंबर जो भी है वो दर्ज करना है तो चलिए दोस्तों हम दर्ज कर देते हैं तो दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं ए नंबर डालने के बाद आप ये सिलेक्ट स्टेट इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप जिस भी प्रांत के हैं यहाँ पे आप अपना प्रांत चुनें तो हम जैसे उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया इसके बाद फैक्ट डिटेल यहाँ पे आपको डिटेल फैक्ट पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये इस तरीके से नजर आएगी इस पे रिकॉर्ड आपका आ चुका है यहाँ पे प्रोसीड इस प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है जैसे ही यह आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी वोटर स्लिप निकल करके आ जाएगी तो अगर ये आपकी वोटर स्लिप आप ही की है आप अपना नाम पता वगैरह जो भी इसमें चेक कर सकते हैं चेक करने के बाद नेक्स्ट इस नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये इस तरीके से एक फॉर्म आ जाएगा उस फॉर्म को यहाँ पर सब कुछ आपका भरा हुआ है आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना सिर्फ़ ये आधार डिटेल यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है तो चलिए दोस्तों हम अपना आधार नंबर दर्ज कर देते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद ये जो टिक का निशान है यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लगाना है जिनके पास आधार नहीं है ये उनके लिए है उसके बाद आप डेट देख सकते हैं डेट देखने के बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर दर्ज करना है तो जो भी मोबाइल नंबर हो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज कर देते हैं तो मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ पर अगर आपके पास ई मेल है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं वो अगर ई मेल नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हो तो अगर है तो डाल दें वरना रहने दें इसके बाद प्लेस ऑफ़ एप्लीकेंट एप्लीकेंट कहां कराने वाला यहां पे आपको दर्ज करना किस जिले का है तो यहां पे आप अपना ज़िला सेलेक्ट करने के बाद यहां पे डन कर दें जैसे ये आप डन करेंगे तो देख सकते हैं ये फॉर्म सिक्स भी इस तरह से दिखेगा आपको यहां पे अपनी डिटेल पूरी चेक कर लेना है चेक कर लेने के बाद आप यहाँ पर कन्फर्म इस कन्फर्म पर सेलेक्ट कर देना जैसे ही आप इस कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर थैंक यू लिख करके आ जाएगा योर अप्लीकेशन हैज़ मीन सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन डेट और रिफ्रेशन आईडी तो आप इसकी एक स्क्रीनशॉट शॉट ले लें या आप इसको अपने पास रख सकते हैं और आपका अब आधार पहचान पत्र से लिंक हो गया है इसके बाद ओके करने के बाद आप ये देख सकते हैं ये फॉर्म इस तरीके से हो जाएगा तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों धन्यवाद